अरे भाई ये तो इतना सारा पानी है तो हम मर्क्यूरी पर अपना बसेरा बसा सकते हैं क्या ये सच है सचे? तो चलिए सब सवालों के जवाब जानते हैं इस वीडियो में ऐसे देखने के लिए हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें दोस्तों सौरमंडल का सबसे पहला और सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है मर्क्यूरी जिसका सूर्य से अंतर है सतानवे दशमलव इक्यानवे मिलियन किलोमीटर और इसका एक साल पृथ्वी के इटासी दिनों के बराबर होता है और उसका एक दिन पृथ्वी के अठानवे दिन पंद्रह घंटे और तीस मिनट का होता है यानी कि दिन तो दिन और रात तो रात और उसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या चौबीस किलोमीटर की है और उसका मास पृथ्वी से महज जीरो दशमलव जीरो पचपन प्रतिशत ही है और उसकी डेंसिटी पाँच दशमलव तैतालीस ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है और उसका कलर जैसे कि आप लोग जानते हैं लाइट ग्रे है और ये रॉकी प्लेनेट है यानी कि इसकी सतह पर हम पैर रख सकते हैं जी हाँ दोस्तों और यहाँ पर हमारे द्वारा यानी कि नासा ने दो रोवर ऑलरेडी भेज चुके हैं मारीनर टेन और मैसेंजर ये दोनों ने हमें बहुत सारी जानकारी दी है फोर्टी ऑक्सीजन उगनतीस यानी कि ट्वेंटी नाइन परसेंट सोडियम बाईस प्रतिशत हाइड्रोजन सिक्स प्रतिशत हीरो दशमलव पाँच प्रतिशत पोटेशियम इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे तत्व हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड पानी नाइट्रोजन सेनोन क्रिप्टॉन नियोन और आर्गन जी हाँ दोस्तों यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हम यहाँ पर अपना बसेरा नहीं बसा सकते क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर दिन और रात में बहुत ही अंतर है और इसका तापमान में भी बहुत चेंजेस आता है उसका मैक्सिमम तापमान 430 डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ तो पानी भी भाप बन जाता है तो हम यहाँ पर अपना बसेरा नहीं बसा सकते इसको एक पीरिंग नहीं है और उसके मून भी नहीं है तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी अगर अच्छी लगी तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल द तो फैक्ट नॉलेज को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ये भी साथ साथ बताएं कि आपका सबसे प्रिय ग्रह कौन सा है और हाँ आपको कौन सी गैलेक्सी में जाने का मन है तब तक के लिए थैंक यू सो मच